कटनी में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में रैली निकाली गई संपूर्ण सनातन हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में कहा गया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अमर्यादित टीका टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए कटनी में समस्त सनातनी सेना हिंदू सेना सत्य सनातन धर्म साधु संत समाज के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में रैली निकाली गयी जिसमें सैकड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी और हिंदुवादी संगठन शामिल हुए और अपनी चार सूत्री मांगों को रखते हुए कहा कि सनातन धर्म हिंदू धर्म को पाखंड मानने वाले और बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी बताने वाले श्याम मानव के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए उनका कहना है की सनातन धर्म के विरुद्ध कई साजिश चल रही है बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे है एवं कोई भी अमर्यादित टीका टिप्पणी कर रहा है जिससे समस्त हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है ऐसे धर्म विरोधी पाखंडियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए देखिए पहले तो बता दूं कि आज कट्टी जिले में एक इतिहास घटा गया है जो सनातन के समस्त के समस्त के आज हम सभी लोग देखने को मिलता है सोशल मीडिया में या कभी भी किसी ने भी कुछ पोस्ट उठाई साधु शब्दों के खिलाफ महानतो के खिलाफ या सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ की कंधे से ऊंची छाती नहीं होती कंधे से उचित छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती और दीपक ही ना रहा तो बाती का क्या करोगे दीपक ही ना रहा तो बाती का नली तो गली और कूचे की माला जबते हम सब हिंदुत्व के नाम की गली गली और कूचे कूचे की माला जब हम सब हिंदुत्व के नाम की और आज हम सब एक साथ एक मंच में बैठ पाए तो जिंदगी एक किस काम की आज हम सब लोगों ने श्यामानों के खिलाफ और जिस प्रकार से आजकल एक सिस्टम बना जा रहा है कि जब भी कोई सनातन का झंडा ऊँचा करता है जैसे हमारे परम कुछ बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा आज पहले संत है जिन्होंने शुरुआत की है कि अपने मंच से लाखों के बीच में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है और जो भटक गए थे रास्ता उन्हें रास्ता दिखाया है मतलब किसी और को नहीं अपनों को रास्ता दिखाया है और उनके ऊपर कार्रवाई करने वाला वो होता कौन है दो कौन का आदमी अरे उसकी कटरी तो छोड़ो ठटरी तो छोड़ो उसकी क्या क्या बंधेगी वो खुद देखेगा सनातन धर्म से बड़ी कोई का कारण ये है जैसे ही हमारे सनातन धर्म पे जगह जगह से लोग कुछ भी उंगली उठा देते हैं हमारे साधु संतों के खिलाफ बोला जाता है ज़रा सा भी अब सनातन धर्म ये कोई एक संगठन या एक जाति का काम नहीं है ये पूरा सनातन हिंदू धर्म का काम है जैसे हमारे बागेश्वर वाले बालाजी बालाजी महाराज के ऊपर बातें उठीं हमारे रामचरितमानस के ऊपर बातें उठी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा डट के जवाब दिया जाएगा आप एक बोलोगे तो हम चार बोलेंगे